हमारे साथ इस वक्त आचार बालकृष्ण जी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं सर कोरोना काल में आयुर्वेद ने बहुत सारा काम किया चलिए क्या था था? आ, कोरोना के इस पीड़ा के समय पर दुनिया ने आयुर्वेद की शक्ति को जाना और उससे आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी अब ये आयुर्वेद वालों को और आयुर्वेद के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की जिम्मेदारी है की उस जिज्ञासा को अब कार्य में परिणित करें और आयुर्वेद को पुनर्जागर एलोपैथी से आयुर्वेद को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों ये पैथी है देखिए जो रोगियों के लिए हितकारी हो हमको उसकी ओर ध्यान दे करके पैथियों के विवाद से परे हो कर के लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं क्या सहयोग मध्य प्रदेश सरकार के साथ में अब हम मिलकर के एक नया इतिहास रचने वाले हैं माननीय मंत्री जी साथ में हैं और पूरे सरकार साथ में है तो एक अच्छा काम करेंगे लोगों के हित के लिए किसानों के हित के लिए और जड़ी बूटी के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने के सर हमारे साथ मंत्री जी भी मौजूद हैं। बात करेंगे सर बालकृष्ण जी आए क्या चाहते हैं बालकृष्ण जी यहाँ क्या चमत्कार करिए धर्म समाज संस्कृति और स्वदेशी का जो स्वरूप बाबा के रूप में हमें देखने को मिल रहा है हम किन शब्दों में इनकी तारीफ करें हमारे पास शब्द नहीं है आज ऐसे संतों की आवश्यकता है जो समाज आयुर्वेदिक धर्म संस्कृति और स्वदेश को आगे बढ़ाने में दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के नाम रोशन में बालकृष्ण जी आचार्य जी नाम रोशन कर रहे हैं बहुत जल्दी मध्यप्रदेश सरकार के साथ इनका एमओयू होकर आपको मालूम पड़ेगा तो ये थे हमारे साथ मंत्री कुंवर विजय साजी जिनका साफ तौर पर कहना है कि बालकृष्ण आचार्य के साथ एम साइन होगा और जनता को जल्द इसका लाभ मिलेगा कैमरा मैन अगर के साथ सत्यम शर्मा दखल न्यूज़ भोपाल